हेलो गाइस गुड इवनिंग ओमेगा सॉफ्ट ग्रुप से मैं शाहरुख शाह आज आपको दिखाता हूँ हमारे एडमिन पोर्टल का डेमो तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए ओपन करते हैं अपने एडमिन पोर्टल को जिसका नाम है ओमेगा सॉफ्ट डोट को डॉट इन ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम लोगों को डेमो दिखाते हैं हमारा जो एडमिन पोर्टल है वो किस टाइप का है किस लेवल से वर्क करता है हमारे एडमिन पोर्टल में क्या क्या फ़ीचर्स हैं तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं वेबसाइट जिसमें हम लोगों ने फ्रंटेंड जो डेवलप किया हुआ है हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं हम किन किन सर्विसेज में डील करते हैं है ना हम किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं तो so, आप लोगों को ये सारी सर्विसेज़ इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यहाँ पर आपको अवर ऑफिशियल मीडिया में आपके मीडिया जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस होंगे वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ऑफिशियल एड्रेस मोबाइल नंबर जो आपकी कंपनी का होगा या ईमेल आईडी जो आपकी कंपनी का होगा एट दैट आपको सारी फैसिलिटीज सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी अब डायरेक्टली मैं लॉगिन करता हूँ अब हम आ गए अपने लॉग पेज पर तो यहाँ पर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं या आप अपने स्लाइडर्स लगा सकते हैं या ऑफर्स कुछ रख सकते हैं तो ये स्पेस हमने उसके लिए दे रखा है इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं ये डेमो वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बट ये ऑलरेडी मार्केट में रन हो चुकी है वही वेबसाइट में आपको लाइव एज अ लाइव दिखा रहा हूं है ना इस वेबसाइट में यूजर मैनेजमेंट सबसे पहले जिसके सामने हम जो हमारे इंटरफेस सामने खुलता है इसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड डैश, बोर्ड। डैश, बोर्ड। डैश बोर्ड में बहुत वॉलेट फैसिलिटीज इनक्रपट नोटिफिकेशन एंड मैसेज बटन यहाँ पर आपको डिस्प्यूट रिचार्ज जो पेंडिंग रिचार्ज होंगे उनकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी यहाँ पर सक्सेस अमाउंट फेल अमाउंट पेंडिंग अमाउंट एंडमिन इनकम डी एम आर या एम डी बैलेंस ये सारी फैसिलिटीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है टोटल नंबर्स ऑफ मेम्बर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रोवाइडर ऑफ कमीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोवाइडिंग ऑफ जी आपको यहाँ मिल जाएगी नंबर ऑफ़ रिचार्जेस एंड रिचार्जेस ऑफ नंबर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे देन सेकंड ऑप्शन इज़ यूज़र मैनेजमेंट यूज़र मैनेजमेंट में आप क्रिएट यूज़र कर सकते हैं अब आपको इसमें काफ़ी लेवल के यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहला आप जानते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हमारे पूरे एरिया यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं उसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या सेल्स या सपोर्ट वर्क करते हैं देन अंडर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आप एडमिन से भी क्रिएट कर सकते हैं आप चाहे तो आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी से क्रिएट कर सकते हैं रिटेलर को आप एडमिन से भी क्रिएट कर सकते हैं या मास्टर आईडी से या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से भी क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से आप काफ़ी प्रकार से आप यूजर्स बना सकते हैं यूजर मैनेजमेंट में सेकेंड ऑप्शन है मेंबर लिस्ट मेंबर लिस्ट में आपको वो दिखाएगा कि आपके पास मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं एक है उसकी पूरी डिटेल्स डाटा सारा कुछ दे देगा उसके पास उसके डिस्ट्रीब्यूटरों के पास बैलेंस कितना है उसके पास बैलेंस कितना है या उसका कैपिंग अमाउंट कितना है या उसके रिटेलर के पास बैलेंस कितना है या उसकी आई डी कब जनरेट हुई थी कौन से महीने में कौन सी तारीख को तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी या आपको सर्विसज देना है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो रिचार्ज कर सकें या ना कर सकें डी रिचार्ज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे ये फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं या तो ओनली फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आप दे सकते हैं सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर में आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर उनका डाटा देख सकते हैं अमाउंट देख सकते हैं कैपिंग देख सकते हैं रिटेरा बैलेंस देख सकते हैं या उनकी शीट या जो भी आपकी में डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट है आप कॉपी कर सकते हैं सी वी भी कर सकते हैं एक्सएल पी प्रिंट कुछ भी आप कर सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल करा दी जाएंगी यहाँ पर आप रिटेलर्स लिस्ट देख सकते हैं आपके पास कितने रिटेलर्स हैं कौन कौन से रिटेलर्स हैं आप यहाँ पर उनकी लिस्ट निकाल कर भी अपना देख सकते हैं इस रिपोर्ट को भी आप सी या एक्सएल पी प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं देन में नेक्स्ट लेवल की बात इसमें एक ऑप्शन और हमारा रहेगा ए पी आई यूजर एपीआई यूजर का मतलब होता है सर कि आप अपने सॉफ्टवेयर से किसी अन्य सॉफ्टवेयर को बैलेंस देना चाहते हैं एपीआई के थ्रू कि आपके पास जो बैलेंस चल रहा है वो किसी और सॉफ्टवेयर में उस कंपनी के जो क्रिटेलर्स होंगे वो रिचार्ज कर सकें तो ये ए फैसिलिटी अकाउंट आप बनाकर उसको दे सकते हैं देन वो ए डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंट्रीगेट होंगे मैं दिखाऊंगा आपको कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ अवेलेबल होते हैं तो आप वो देख भी उनको बता सकते हैं देन अकाउंट्स की बात करेंगे इसमें एडमिन फंड ट्रांसफर का सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपका यू भीम पेमेंट या बैंक नेट बैंकिंग काम नहीं करता है आपके रिटेलर्स बैलेंस लेने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली एडमिन से भी बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सेल्स किसी को भी आप यहां से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस कुछ नहीं करना है आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को अगर डालना है तो मास्टर सेलेक्ट किया उसका जो भी मास्टर होगा उसका नाम सेलेक्ट किया अमाउंट कितना डालना है देन आप क्रेडिट कर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए या सेव कर दीजिए देन वो आपका सेव हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज पेमेंट रिक्वेस्ट अगर कोई बंदा आपको आपके एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट रिक्वेस्ट लगाता है उसने आपको पेमेंट डाला हुआ है किसी अनदर पर्सन अनदर रीजन से डाला हुआ है फोन पे से गूगल पे से या किसी भी चीज़ से उसने मैन्युअली आपको पेमेंट डाल दिया है तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट लगाएगा तो रिक्वेस्ट आपको यहाँ से होगी एंड आपको उस पर एक्शन लेना होगा इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र फंड ट्रांसफर रिपोर्ट आपने किस यूजर को कितना बैलेंस ट्रांसफर किया या आपके जो यूजर्स होंगे वो किस यूज़र को कितना बैलेंस डाल रहे हैं उसकी फैसिलिटीज जैसे आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर distributor ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना बैलेंस डाला तो उसकी रिपोर्ट आपको नीचे प्रोवाइड की जाएगी अगर आप डेट वाइज सेलेक्ट करेंगे तो आपको शायद इसमें कुछ मिल जाए हम इसमें डेट सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट जनवरी की करके देखते हैं एक बार शायद ये रिपोर्ट दे दें हमें ये देखिए यह हमारे पास एक रिपोर्ट है कि जो हमारा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बैलेंस डाला था बावन हज़ार रुपये का जिसमें से पाँच हज़ार दो सौ उसने माइनस किया हुआ है तो छियालीस हज़ार आठ सौ उसके पास बचा हुआ है देन इसी तरह से आपको रेफरेंस नंबर भी उसमें प्रोवाइड किया गया है पेमेंट मोड जीरो आ रहा है क्योंकि ये मैनुअली पेमेंट अपडेट किया गया है उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किस रिटेलर को कितना डाला है वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी शायद ये तो डिस्ट्र किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ए, है तो ये डेमो में तो दिया नहीं है इसका रिपोर्ट कोई इशू नहीं है अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल में ऐड बैंक अकाउंट अब आपकी जो बैंक इंफॉर्मेशन होगी आप उसको यहाँ से ऐड अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं जैसे हमारे ये डेमो पर किसी ने अपना बनाया हुआ है ये अकाउंट नेम बैंक नेम अकाउंट नंबर आई कोड ब्रांच या स्टेटस कुछ भी डालेंगे वह के कलाइंट को दिखेगा जैसे मैं डाल देता हूँ शाहरुख शाह मेरा नाम है ठीक है नेक्स्ट बैंक नेम मेरा पे टी एम आज मैं जो यूज़ करता हूँ पेटीएम business bank तो पेटीएम payments bank मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देन <coughs> मेरा अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ ठीक है आई एफ एस सी कोड डालना है मुझे तो पी वाई टी एम मेरा आई एफ एस सी कोड होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेरा आई एफ एस सी कोड कम्प्लीट हो जाता है ब्रांच नेम ये नोएडा ब्रांच है जो कि आजकल मैन्युअली सबको ही नोएडा की ब्रांच दी जाती है पेटीएम के थ्रू तो इसको मैं सेव कर दूंगा देन ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल सेव हो जाएगा और ये मेरी एप्लीकेशन पे जाकर शो हो जाएगा देन मैंने एक अकाउंट डिलीट किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट मैंने ऐड किया बैंक का लोगो मैंने नहीं लगाया है आपको बैंक का लोगो लगाने का भी ऑप्शन है आप चाहें तो लगा सकते हैं जैसे मैं लगा देता हूँ पे टी एम पेमेंट्स जैसे मैं ये लोगों को मैं यहाँ से कॉपी इमेज कर लेता हूँ देन शायद इसमें पेस्ट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाए ना ऐसा नहीं होगा इसको डाउनलोड ही करना होगा इमेज को सेव इमेज एस, पे एम पेमेंट्स बैंक में कर देता हूं और ये मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव करके रखता हूं देन मैं इसको अपलोड करूंगा तो इजीली अपलोड हो जाएगी अब मैं इसको बैंक लोगो पे क्लिक करता हूं देन मैं पे पेमेंट्स बैंक को यहां से सेलेक्ट करता हूं जेपीजी फाइल मेरी है और मैंने ये अपडेट की ये मेरी बैंक यहाँ से अपडेट ऐड हो गई है इसी तरह से आप भी अपने बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हैं है न अब मैं आप ये मेरा सक्सेसफुल ही होगा ये मेरा पे बैंक का लोगो आ गया इसी तरह से आपका एप्लीकेशन पे भी दिखेगा जो भी डिटेल्स आप डालेंगे वही आपकी एप्लीकेशन पे शो होगी यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं अपने बैंक डिटेल को नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट हम सबसे पहले लाइव रिचार्ज रिपोर्ट की बात करेंगे लाइव रिचार्ज रिपोर्ट क्या है जिसमें आपको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है बार बार आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है कि रिचार्ज क्या चल रहा है सक्सेस फेल कुछ भी जो भी रेशियो होगा वो ऑटोमेटिक आपकी लाइव रिचार्ज रिपोर्ट पर आपको शो होता रहेगा ये रिपोर्ट आपकी अनलिमिटेड आती है जिसका कोई फिल्टरेट योग यूज़ करने की जरूरत नहीं है सालों साल की रिपोर्ट ये आपको प्रॉपर देता रहता है दैन रिचार्ज रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले तो सक्सेस काउंट यानी कि कितने रिचार्ज हुए अमाउंट कितने रिचार्ज सक्सेस हुए आपके कितने अमाउंट के रिचार्ज सक्सेस हुए पेंडिंग फेल ये सारा इस टाइप से मिलता रहता है दैन यहाँ पर आप सेलेक्ट डेट करके भी आप अपने रिचार्ज ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं जैसे मैं मान लीजिए दिसंबर एक से दिसंबर जनवरी दो तक की रिपोर्ट देखना चाहूँ देख सकता हूँ और एपीआई वाइज अगर मैं रिचार्ज देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी ए हैं मैं ए के थ्रू अगर रिचार्ज चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यूज़र नेम किसी पर्टिकुलर यूज़र की रिचार्ज मुझे सर्च करना है अपने एडमिन पोर्टल से तो मैं सर्च कर सकता हूँ दैन चूज सर्विस में अगर मैं चाहता हूं कि डी टी एच के रिचार्ज ओनली मेरे को चेक करना है तो मैं डी के ओनली चेक कर सकता हूं स्टेटस सक्सेस फेल पेंडिंग ही रिचार्ज मुझे चेक करने हैं तो उस केस में भी कर सकता हूं या किसी का पर्टिकुलर नंबर रेफरेंस नंबर ऑपरेटर आई डी यूजर नेम डालकर भी मैं सर्च कर सकता हूं एंड देन जैसे ही मैं सर्च करूंगा कुछ इस तरह की मुझे रिचार्ज इंटरफेस दिखेगा जैसे आप देख सकते हैं ये सारे फेल रिचार्ज हैं जिन्होंने टेस्ट करके देखे होंगे अपने अपने नंबरों पर दैन मैं नेक्स्ट रिचार्ज पेंडिंग पेंडिंग रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करता हूं और पेंडिंग लिस्ट जो भी हमारे रिचार्ज पेंडिंग्स होंगे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे इनका स्टेटस अगर मुझे चेक करना है तो मैं स्टेटस मैनुअली भी चेक कर सकता हूं और मुझे स्टेटस आ रहा है इनवैलिड एजेंट आईडी यानी कि ये रिचार्ज पेंडिंग जाने का रीज़न था इनवैलिड एजेंट आई थी पर मैं इनको सक्सेस कर देता हूँ फेल करने से कोई मतलब भी नहीं होगा इनको या मैं इनको फेल ही कर देता हूँ नो इशू डन ऑफ दिस ओके दैन नेक्स्ट लेवल की बात हम करेंगे अपने लेफ्ट लेवल की बात करता हूँ पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स हुई हैं वो कितने पेंडिंग रिचार्ज हैं उस इलेक्ट्रिसिटी में वो आपको यहाँ पर शो होंगे दैन नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ एस एम रिपोर्ट ये तो आपके एस एम एस पैनल से काम होगा तो इसकी तो आपको रिक्वायरमेंट होगी नहीं स्विचिंग में बात करूँ तो आप हर टाइप से इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्विचिंग कर सकते हैं आप 50 ए 100 आई या 10 ए लगाकर भी ए के थ्रू 1 टू जेड रिचार्ज को एक से लेके एक से लेके 10 तक की ए को आप रिचार्ज को स्विच कर सकते हैं यानी कि अब आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरी एक ए में अगर बैलेंस खत्म हो गया तो मेरे रिचार्ज दूसरे ए से ऑटोमेटिकली ही हिट हो जाएंगे आप लोगों को हिट कराने के लिए उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी आप ब्लॉ ब्लॉक अमाउंट वाइज कर सकते हैं सर्कल वाइज से पे स्विच कर सकते हैं या अमाउंट वाइज कर सकते हैं ऑपरेटर वाइज कर सकते हैं या यूजर वाइज कर सकते हैं मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा जब मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्टवेयर उसके बाद मैं ये फैसिलिटी आपको दिखा दूँगा ये यहाँ पर पूरे ऑप्शन मैंने आपको सोचेंगे दिखा रखे हैं देन नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं सेटिंग मैनेजमेंट इसमें ए प्रोवाइडर्स आपकी लिस्ट है अगर कोई नया प्रोवाइडर मार्केट में आता है तो आप प्रोवाइडर्स पर क्लिक करके उसमें नया प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं या प्रोवाइडर आप डिलीट कर सकते हैं या उसको एक्शन ले सकते हैं देन नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट में एपीआई ऐड एपीआई ऐड एपीआई की हम बात करें तो इसमें आपको काफ़ी टाइप से ए मिल जाएंगे कि आप कितनी भी ए इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं आप खुद से भी ये इंटीग्रेट कर सकते हैं करना चाहें तो एडनी ए पी क्लिक करके आप ख़ुद से भी ये इंटीग्रेट कर सकते हैं आप अपने ए का कॉल बैक रिस्पॉन्स और जनरेट करके अपनी ए को खुद इंटीग्रेट करके चला सकते हैं और नहीं तो आप हम लोगों से भी ये पे करा सकते हैं एस एम एस सेटिंग पैनल पर पे जो भी एस डिलीवर होने वाला है आपके यूज़र को यानी मेम्बर रजिस्ट्रेशन को तो जो भी मेम्बर रजिस्टर करेगा उसको किस टाइप का मैसेज जाना चाहिए वो मैसेज आप यहाँ पर बना सकते हैं और वह मैसेज अपने यूज़र को भेज सकते हैं जानने वाली चीज यही है कि हम किसी यूजर को कमीशन कैसे दें तो सबसे बड़ी चीज है सर आपको सबसे पहले यहाँ पर एड न्यू स्लैब पे क्लिक करना होगा Then, आपको किस टाइप का यूजर है आपका रिटेलर है तो रिटेलर का स्लैब आपको बनाना होगा ऐसे में स्लैब नेम डाल देता हूँ कुछ भी डाल सकते हो ये ये बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है आप तो स्लैब नेम डालिए और अपना स्लेब बनाइए जैसे मैं डाल देता हूँ मास्टर के लिए यानी मास्टर डिस्ट्रीव्यूटर स्लेब और जब मैं ये स्लेब बनाता हूँ और मैं इसको ब्लॉक से एक्टिव करता हूँ देन इसको मैं सेव करता हूँ और अब जो सेव होने के बाद मैं इसको एडिट करूँ एडिट नहीं करना है मेरे सॉरी मैं इसको अब प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा तो मुझे पर्टिकुलरली रिचार्ज की रिपोर्ट आ जाएगी मुझे किसको कितना कमीशन देना है कितने परसेंट किसको क्या देना है ये सारी चीज़ें मेरे पास देखी हुई आ जाती है पन्सा मिनट अब मैं यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करूँगा जैसे मैंने सर्विस सेलेक्ट की प्रीपेड तो प्री पेड में मुझे कितना मार्जिन एयरटेल पे देना है मुझे मान लीजिए तीन परसेंट देना है तो मैं तीन परसेंट सेट कर दूंगा कमीशन के रूप में देना है तो कमीशन और परसेंटेज के रूप में तो परसेंटेज है ना इस तरह से ही मैं सारी चीज़ें सेट करूंगा और सबको प्रोवाइड करूंगा जैसे मैंने जीरो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर को ऑलरेडी लिखा हुआ है टू मेरा रिटेलर दिया हुआ है अब ये तीन से इनके पास इतना इतना जा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पॉइंट मिलना चाहिए तो मैं थ्री कर दूँगा देन ये 5 इसके पास भी जाएगा और 2.5 इसके पास जाएगा तो उसके पास भी पॉइंट बच जाएगा तो सबकी अर्निंग यहां से इस तरह से सेट आपको करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि फ्लैट में बैलेंस देना चाहता हूं मुझे स्लेब के थ्रू बैलेंस प्रोवाइड नहीं करना है तो आप एक हज़ार पर के हिसाब से तीस रुपये एक्स्ट्रा कस्टमर को डाल सकते हैं डायरेक्टली देन मैं नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ स्लेब मैनेजमेंट के बाद बात आती है डे की तो आप अपनी सेल्स हिस्ट्री डे में देख सकते हैं आपको ये स्टेटस वाइज दिख जाएगी या आपको ये एपीआई के आई वाइज मिल जाएगी आपको किस नाम से ए सर्च करनी करिए डेट वाइज फ़िल्टर आपको लगाने का ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल एंड सेब का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपकी रिपोर्ट आपको दिखा दी जाती है एंड डे में नेक्स्ट आपका एडमिट डे है यूज़र डे है टॉप सेलर है लेजर है डी लेजर है सिक्योरिटी की बात करें तो वेब लॉगिन हिस्ट्री सिक्योरिटी है ऐप लॉगिन हिस्ट्री सिक्योरिटी है पासवर्ड मैनेजमेंट सिक्योरिटी है देन आपको वेंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसमें किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करके अपने मार्केट में कस्टमर को बेच सकते हैं ये फैसिलिटी आपको एडिशनली लेनी होती है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फैसिलिटी वेंडर मैनेजमेंट की आपको एडिशनली लेनी होगी जी एस फैसिलिटी आपको एडिशनली लेनी होती है हॉलीडे पैकेज आपको ऑलरेडी लगा कर दिए जाते हैं या आप खुद से भी अपने हॉलीडे पैकेजेस बना सकते हैं देन इसके बाद मैं बात करता हूँ थीम्स की तो आप अपना लोगो एंड फेविकॉन चेंज कर सकते हैं आप अपनी कंपनी का नाम बदल सकते हैं आप अपनी वेबसाइट चेंज कर सकते हैं सपोर्ट मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं सपोर्ट का या आप मेन लोगो चेंज कर सकते हैं या फेविकॉन इमेज चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और आपको जो भी पूछना है आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं इसके लिए धन्यवाद तो आप देखिए वीडियो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ बाय सर